तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक इन अन्नादार न्यू वीडियो तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक कैसे कॉपी करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक बनाना भी सिखाऊंगा तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक मतलब पूरा वीडियो देखो तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इंस्टाग्राम का आई को लिंक करते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का आई की लिंक को कॉपी करके आप लोग जगह जगह भेज सकते हो और अपने दोस्त या फ्रेंड्स को भेज सकते हो तो यहाँ पर कई बार क्या होता है आपके दोस्त मतलब आपके फ्रेंड्स आपसे चाहते हैं आपका खुद का इंस्टाग्राम का आईडी लेकिन लेकिन आप लोग नहीं दे पाते हो क्योंकि इंस्टाग्राम का जो आईडी होता है बहुत ही लंबा चौड़ा इसलिए आप लोग नहीं दे पाते हो तो गाइस इस इस ट्रिक से आप लोग भी आ, अपना खुद का यहां पर इंस्टाग्राम का आईडी को लिंक की कॉपी करके यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो तो गाइस यहाँ पर उसको करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर आना है आपको भी इंस्टाग्राम पर आना है आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे की साइड लोगो दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको लोगो में क्लिक करना है लोगों में क्लिक करते यहाँ पर तीन ऑप्शन है कि एडिट प्रोफाइल एक है यार टूल तीसरा है इनसाइड तो आपको एडिट प्रोफाइल ऑप्शन में क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल में क्लिक करते आपको यहाँ पर आपका खुद का यूज़र नेम दिख जाएगा आप लोग तो जानते हो हर एक यहाँ पर यूज़र का एक यूज़र नेम होता है इंस्टाग्राम के तो आपका भी होगा तो आपको उस नाम पर क्लिक करना होगा जहाँ पर आपका यूज़र नाम लिखा है तो आपको क्या करना है इस यूज़र नाम को पूरा का पूरा आपको कॉपी कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद ऊपर दो बार आपको राइट टिक कर देना है टिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर देना और आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे तो यहीं से आपका खुद का जो प्रोफाइल मतलब इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक यहाँ पर बनेगा तो आपको यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम तो आपको इंस्टा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आपको इंस्टाग्राम डॉट देना है और आप जो भी यहाँ पर जिस नाम को भी आप लोग यहाँ ने पर कॉपी किए उस नाम को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम का आईडी का यहाँ पे लिंक वो बन चुका है जिसका नाम है instagramcom डॉट कॉम तो इसको क्लिक करते आप लोग अपने खुद के यहाँ पर मतलब इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में चले जाओगे तो आपको क्या करना है इसको कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर इस पर क्लिक करना है क्लिक करते यहाँ पर कॉपी का एक ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो इंस्टाग्राम का खुद का आईडी का लिंक आपका बन चुका है तो आप लोग व्हाट्सअप फेसबुक किसी भी भी आप लोग शेयर कर दे सकते हो तो सपोज़ मैं इस बंदे को शेयर करता हूँ और दिखाऊंगा अभी ये वर्क करता है या नहीं तो यहाँ पर मैं गया यहाँ पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और गाइस या आपका जो लिंक बनके तैयार हो चुका है इंस्टाग्राम का तो यहाँ पर क्लिक करते आपके खुद के इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जा सकते आपके फ्रेंड तो यहाँ पर आप लोग किसी भी सी ओपन कर सकते हो यहाँ पर इंस्टाग्राम से भी ओपन कर सकते हो क्रम से भी तो आप क्रम से कर लेते हैं क्रोम पे करने के बाद ही आपका जो खुद का प्रोफाइल है पर दिखाना इस्टार्ट कर देगा तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना मैद भूलना और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल ऑलपाइ सिलेक्ट कर ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय